नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसा आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग अच्छा दोस्तों आप लोगों को बतला दे कि ग्रीन स्क्रीन के मदद से आप इस तरीके से आप कर सकते हो दोस्तों अगर ग्रीन स्क्रीन के मदद से आप सिंपली से वीडियो शूट करके डावल आप करिएगा दोस्तों तो वहाँ पे देखने में आपको सिंपली से बेहतरीन लगता है दोस्तों अगर डबल अगर और तरीके इस तरीक़े से आप शूट कर रहे हैं दोस्तों तो इस तरीका से थोड़ा देखने में बेहतरीन नहीं लगता है दोस्तों इसीलिए आप सिंपली सिक्रीन स्क्रीन एक पर्दा ले ले दोस्तों इस तरीके से लेने के बाद आप शूट कर लेना है दोस्तों शूट करने के बाद एडिटिंग करने के लिए हम सिंपली तरीका में आप समझाएगा दोस्तों कि कैसे आप बेहतरीन तरीक़ा से एडिटिंग कर सकते हैं दोस्तों आप होप की वीडियो पसंद आएगा दोस्तों वीडियो नॉलेजवन होने वाला है दोस्तों अब वीडियो पर रहे लास्ट तक वीडियो देखेगा दोस्तों तब आपको समझ में आएगा दोस्तों आपको कार्टून वीडियो या कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे खाली रिएक्शन आपको करना है दोस्तों यहाँ पे कोई भारी तरीका यहाँ पे नहीं होने वाला है दोस्तों अब फोक की वीडियो पर बने रहे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन दबा दे दोस्तों इसी यूट्यूब के रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ दोस्तों आप की चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों दोस्तों पहले कैन मास्टर आपको ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कौन रिस्यूम एक्सलेक्ट करना है न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर लिखा रहेगा दोस्तों यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर आपको सिंपली सिक्ली कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कितना रेसी में आपको क्लिक करना है दोस्तों नाइन पॉइंट सोलह रेसियो में आपको सिंपली से क्लिक कर देना है दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद क्रिएट पर यहाँ पर लिखा रहेगा दोस्तों क्रिएट पे क्लिक कर देना है क्रिएट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लोगों को बता दे कि पहले यहाँ पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग सिंपली सी आपको मीडिया पर आना मीडिया पाने के बाद इमेज पे आना इमेज पाने के बाद आपको कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर है दोस्तों ब्लैक कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा हम इसको बारह कर लेते हैं बारह करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली सी लेयर वाला पे यहाँ पे आना है लेयर यहाँ पे आना है लेयर पाने वाला पर आने के बाद मीडिया लिखा रहेगा दोस्तों मीडिया वाला पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो भी आप फनी वीडियो लोड करके रखे हुए हैं आपको डबल करना है दोस्तों तो डाउनलोडिंग वाला पे यहाँ पे आए हैं पे क्लिक कर दिए क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया रिले आपको रिएक्शन देना है तो रिएक्शन वीडियो आपको पहले शूट कर लेना है दोस्तों इस तरीक़ा से सूट कर लेना अगर इसको कट करना है पहले बतला देता हूँ कट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कट कैसे कर सकते हो नीचे आना स्क्रॉल ऑन करके दोस्तों आपको क्रॉप मिलेगा यहाँ पे दोस्तों आपको बतला दे कि यहाँ पे देखे क्रॉप लिखा इस पर आपको सिंपली से क्रोप वाला क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सुन ऊपर से काट लेते हैं दोस्तों काट लेने के बाद दोस्तों आपको बैक आना बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से यहाँ इसको थोड़ा तो 12 कर लेना इसको 12 करने के बाद दोस्तों वीडियो को काटना नहीं चाहिए दोस्तों इस तरीक़े से आपको ये ध्यान रखना चाहिए इस तरीका से होने के बाद दोस्तों आपको रिएक्शन वाला वीडियो कहाँ पे है दोस्तों आपको लेयर वाला पैन है मीडिया पैन है मीडिया पर के बाद दोस्तों आप जो भी रिएक्शन करके रखा होंगे दोस्तों अब ग्रीन स्क्रीन के मदद से आप रिएक्शन करिएगा दोस्तों तो सबसे बेहतरीन लगेगा दोस्तों अगर ऐसे रिएक्शन किए हुए हैं तो इसको भी बता रहे हैं उसको ग्रीन स्क्रीन के भी बतला रहे हैं तो मैं पहले इस वाला के बताता हूँ था। था कि रिएक्शन अब कैसा किए हुए हैं दोस्तों तो इस पे आना इस पे आने के बाद पहले इसको क्रोप कर लेते हैं क्रोप करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सुन काट लेते हैं दोस्तों काट के यहाँ पे इस तरीक़े से काटने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा नीचे लान देते हैं लाने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा बड़ा कर लेना इस तरीक़ा से आपको बारा कर लेना है दोस्तों इसको एडजस्ट कर देना है एडजस्ट करने के बाद दोस्तों डबल हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है दोस्तों इस तरीके से इस तरीक़े से एडजस्ट करने के बाद दोस्तों वीडियो चलाकर देखता हूँ देखिए इस तरीका से होगा दोस्तों आप फिर इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं दोस्तों इस तरीक़ा से करने के बाद दोस्तों ये डबल हो गया डबल होने के बाद अगर इस तरीका को नहीं बढ़िया लग रहा है दोस्तों आपको डाउनलोडिंग के लिए पहले इसको बतला देते हैं इस इस पर आने इस पर आने के बाद दोस्तों आपको एक सौ हाई एच में आपको सिंपली से यहाँ पर सेवा पर क्लिक करिएगा ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग हो जाएगा दोस्तों अगर ये रिएक्शन नहीं बढ़िया लग रहा है दोस्तों तब को क्या करना है आपको सिंपली सी लाते हैं इसको डिलीट कर देना है डिलीट करने के बाद दोस्तों आना है लेयर वाला पे लेयर वाला पे आना है मीडिया पे आना है मीडिया पे आने के बाद दोस्तों अब लोगों को डाउनलोडिंग वाला पर आना है इस पर वीडियो ले लेना है दोस्तों अब वो बार, बार बार बतला रहे हैं कैसे कैसे करना है दोस्तों अपना हिसाब से कर सकते हो दोस्तों इस पर आना है इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा हम काट लेते हैं ऊपर से काट लेने के बाद दोस्तों थोड़ा ऊपर कर लेते हो ऊपर करने के बाद दोस्तों इसको जूमिंग कर लेना है इस तरीके से जूमिंग कर लेना है दोस्तों इस तरीका से पूरा मैं जूमिंग कर लेना है आपको दोस्तों पूरा मैं जूमिंग करने के बाद दोस्तों आपको लोग बता दें कि कैसे आपको यहाँ फेस वैल्यू ऐड करना है दोस्तों फेस वैल्यू ऐड करना है तो लेयर वाला पैन है मीडिया पैन है मीडिया पैन है दोस्तों यहाँ पे देखिए कैमरा से शूट किए हैं दोस्तों ग्रीन स्क्रीन की मदद से तो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन की मदद से आप ले सकते हैं दोस्तों ग्रीन स्क्रीन के मदद से आना है यहाँ पर आना है क्रोमा पाना है दोस्तों क्रोमा की पान है इसको सिंपली सीज को कट कर लेना है दोस्तों इसको थोड़ा सोन आपको जूमिंग करके बतलाते हैं कि कैसे है काटना है दोस्तों इसको पहले आपको क्रोप पाना है यहाँ पे यहाँ पे क्रोपिंग लिखा रहेगा दोस्तों इसको थोड़ा काट लेते हैं इस तरीके से काट लेना है काटने के बाद दोस्तों इसको क्रोमा पाना है यहाँ पे दोस्तों क्रोमा की इस पे इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सुन इसको आपको हिसाब से इसको बैठा लेना है दोस्तों थोड़ा सुन चले तो बढ़िया लगे इस तरीके से सबको कर लेना अपना हिसाब से मिला लेना है दोस्तों इस तरीक़े से अपना हिसाब से मिला लेना है दोस्तों मिलाने के बाद आप लोग को बतला दे कि इसको थोड़ा नीचे लान देते हैं दोस्तों इस तरीक़े से ना तो इस तरीके से बैठा सकते हो अपना हिसाब से यहाँ पर बैठा सकते हो दोस्तों बैठाने के बाद दोस्तों एकदम बेहतरीन लगेगा देखने में दोस्तों ग्रीन स्क्रीन के मदद से आपको सिंपली सी वीडियो को शूट कर लेना शूट करने के बाद दोस्तों देखिए इस तरीका से रिएक्शन होगा दोस्तों एकदम बेहतरीन लगा देखने में दोस्तों यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई सिंपल तरीका है दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपको इसको इस पे लिखना है दोस्तों कि लड़के के पैंट खुल गए तो इस पे आना लेयर वाला पैंट टैक्स टैक्स पर पे लिखा रहेगा दोस्तों टैक्स वाला पैर को सिंपली से क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको हिंदी में लिख के बतलाते हैं दोस्तों इस तरीके से लिख लेना लिखने के बाद ओके वाला पा क्लिक कर देना ओके वाला पा क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको आपको जूमिंग कर लेना है जूमिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लगा सकते हो ना तो आप नीचे भी लगा सकते हो ना तो आप अपना हिसाब से अपना ऊपर भी लगा सकते हो दोस्तों यहाँ पे आना है कलर इसको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों आप जिस भी कलर के रखना चाहते हो अपना हिसाब से रख सकते हो दोस्त यहाँ पर आपको आना देखिए कलर हो गया दोस्तों और इसमें बहुत तरीका है दोस्तों अपना हिसाब से कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हो दोस्तों अपना लगा लेना है कि आप कैसे कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो भी बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हो लगा सकते हो दोस्तों देखिए कितना बढ़िया लगा दोस्तों एक इस तरीका से बना सकते हो दोस्तों बतलाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से इस, इस पे आपको क्लिक कर, कर देना है इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद सेब वाला पर यहाँ पर क्लिक कर देना है दोस्तों यहाँ पर सिम्पली सेब वाला पे आपको मिला लेना पहले मिला लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको इस पर आना है इस पर आपको मिला लेना है इस तरीक़े से मिलाने के बाद दोस्तों आपको सेव करके दिखाता हूँ दोस्तों इस तरीक़ा से होने के बाद आपको इस पे आना है इस पे आने के बाद दोस्तों हाई क्वालिटी में आपको यहाँ पर सेव मिलेगा दोस्तों यहाँ पर सिंपली से सेव कर लेते हैं दोस्तों आपको फोक वीडियो पसंद आएगा दोस्तों देखे दोस्तों सेव होगा सेव होने के बाद देखे दोस्तों इस तरीक़े से आप चला सकते हो